मोहन हम भी तुम से मोहन हम भी तुम से जान गए हो छी प्रपंच जान गए हो छी प्रपंची हो कपटी हो झूठे मोहन हम भी भी हम भी तुमते पहले शरण बुलाया हमको पहले शरण बुलाया हमको दे कर लो अनूठे दो बे अनूठे अब इस बार दरस देने में अब इस बार दरस देने में चिखलाए अंगूठे मोहन हम भी तुम्हें से रोगे मोहन हम भी तुम से हो कपटी हो झूठे मोहन हम भी तुम्हे मोहन हम भी सुनते हैं देते थे सबको सबको सब सुखी सब भर भर मुठे हमने सत सत बिंदु बहाये हमने सत सत पंची जाने गए छी पर हो कपटी